विक्रम संबत् 2076 हज़ार छिहत्तर शख्स सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर उनचास मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर तेईस मिनट पर शुक्ल पक्ष की जो दर्शकों तिथि रहेगी ये द्वितीय तिथि रहेगी और तृतीय तिथि का आज हो रहा है लोप तो जो लोग हर तालिका तीज का व्रत रहना चाहते हैं वो लोग दो तारीख को व्रत रहें दो तारीख ही श्रेष्ठ रहेगा व्रत रहने का जो विधान है वो दो तारीख को ज़्यादा अच्छा रहेगा नक्षत्र जो रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा और योग जो रहेगा ये साध्य योग रहेगा रविवार दिन रहेगा और रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन है भगवान भास्कर का दिन है जो करड़ रहेगा ये कौलो रहेगा तैतिल रहेगा इसके उपरांत गर करड़ रहेगा दिशा की यदि हम बात कर लेते हैं तो रविवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अब यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पान खा करके तब यात्रा करिएगा और दरपण देख लीजिएगा तब यात्रा करके आप लोग यदि निकलते हैं तो दिशा का दोष नहीं लगता है और पहले पूर्व दिशा की ओर आप चार कदम चल लीजिए उसके बाद आपको पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करनी रहे दर्शकों राहु काल की बात करते हैं एक ऐसा समय होता है कि एक ऐसा काल, एक ऐसी बेला, पीरियड इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो राहु काल रहेगा शाम को चार बजकर उनचास मिनट से छह बजकर तेईस मिनट तक का रहेगा इस दौरान बचना है शुभ कार्यों को करने से यदि शुभ कार्यों को आपको करना होगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि दो मिनट से दोपहर और तीन दो मिनट के बीच में आप लोग शुभ कार्यो को कर लीजिएगा इस दौरान यदि आप किसी भी मतलब अच्छे कार्यों में हाथ डालते हैं जो कि प्रकृति एलाऊ करती है तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी दर्शकों हमने आपको जो है पूर्व में भी देखिए बता दिया था कि द्वितीय और जो तृतीय तिथि तित्य होती है इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए द्वितीय तिथि जो दर्शकों होती है द्वितीय तिथि के दिन कोशिश कीजिएगा कि आज कटेरी का सेवन मत करिएगा और जो तृतीय तिथि होती है तृतीय तिथि का चूँकि लोप हो जा रहा है अर्थात चतुर्थी तिथि जो रहेगी तो चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन या सफ़ेद तिल का सेवन किसी भी प्रकार से करने की शास्त्र मनाही करता है अगर आप ऐसा करेंगे तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है चलते हम अपने राशिफल की ओर मेष से लेकर के मीन राशि का हाल जानते हैं बारह मिनट में तो दर्शकों हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मैं इस राशि के जात को आज आपके जीवन में कुछ नए और प्राकृतिक बदलाव हो सकते हैं आज आपके कारोबार में सितारे कहते हैं कि काफ़ी वृद्धि होती हुई नज़र आएगी जीवन साथी के साथ आज आप कहीं घूमने फिरने प्लानिंग कर सकते हैं आज आपके रिश्ते बहुत बेहतर रहेंगे किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है आज आप अप अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आज किसी की मदद मिलने से आप जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएँगे सेहत के मामलों में आज आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं यदि अभी तक संतान सुख से वंचित तो आज का दिन आपके लिए संतान प्राप्ति की ओर इंडिकेट कर रहा इशारा कर रहा है जरूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा आज के दिन गुड़ का दान दीजिएगा जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक नंबर एक और शुभ दिशा आपकी ओर रहेगी पूर्व दिशा वृषभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपके सोचे हुए सभी कार्ड आसानी से पूर्ण हो जाएंगे किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में आज आप सोच सकते हैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें आज फायदेमंद होगी और वृषभ राशि के जातकों के लिए जो विवाहित है उनके लिए आज बढ़िया दिन है आज आपको जीवन साथी से पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर आप किसी मेडिकल की जो है मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एम की कर रहे हैं एम की कर रहे हैं या ऑपरेशनल चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको जल्द सफलता प्राप्त होगा कंपटीशन में आज आप सक्सेस होंगे आज आपकी कुल मिलाकर के इच्छाओं की पूर्ति पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है वहीं आज इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा किसी कन्या को कुछ मीठा खिला करके आज आप आशीर्वाद लेंगे तो सभी कार्यों में आपके सिद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपकी आपके लिए रहेगी ये दक्षिण दिशा रहेगी जेमिनी, मिथुन राशि आज के दिन सितारे क्या कहते हैं तो आज आपको जीवन में बेहतर करने के कई अच्छे मौके आएंगे घर के किसी काम को लेकर आज आप कोई बहुत बड़ा निर्णय कर सकते हैं संतान की ओर से आज आपको कोई खुशखबरी गुड न्यूज़ प्राप्त होती हुई नजर आएगी पारिवारिक जीवन में आपके सुख शांति बनी रहेगी दफ्तर में ऑफिस में कार्यक्षेत्र में कोई उलझा हुआ कार्य आपके सहयोग से पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है आज ऑफिस के कार्य से आप किसी दूसरे शहर में यात्राएं कर सकते हैं आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा नई चीज़ें आज आप सीखते हुए नजर आएंगे भगवान भास्कर को यदि आप जल में लाल कुमकुम -कुम, इसको रोली भी बोलते हैं डाल करके यदि अर्घ देते हैं तो तमाम बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएगी शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा आज नीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात वहीं कर्क -कर राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो कर्क -कर राशि के जात को आज किसी खास काम के लिए आपके दोस्त आपसे कोई सुझाव ले सकते हैं आज के दिन कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं आज कोई नए बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकते हैं आज कंपटीशन में जो कोई एग्जाम देने जा रहा है उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है अपने आप को आज तनाव मुक्त महसूस करते हुए नजर आएंगे यात्राओं के योग बन रहे हैं आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज परिवार के लोगों के लिए आप कुछ रोल मॉडल बनकर के नजर आएंगे प्रॉपर्टी के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है कोशिश कीजिएगा कि आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करिए और भगवान भास्कर को गायत्री मंत्र से जल अर्पण करिए आपकी सभी परेशानियां सभी विपधताएं होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9, शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि भगवान भास्कर की राशि क्या कहता है आज का दिन तो आज आपके वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा काम काज में आज जीवन साथी की सलाह और फायदेमंद आपके लिए हो सकती है बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आज, आज आपको फायदा होगा आपके माता पिता की सेहत में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आज आपको बचना होगा कोर्ट कचहरी के मामले भी आज आपके जो है पक्ष में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उच्च अधिकारियों के साथ आज आपके बेहतर संबंध रहेंगे वहीं आज आप किसी की चुंगली करते हुए नजर आएंगे जी हां इससे आपको बचना होगा आज आपका कोई पुराना मित्र आपके किसी बहुत मददगार जरूरी काम में सिद्ध साबित हो सकता है कोशिश क्या करिएगा कि आज प्रातः काल जल्दी उठकर के माता पिता को दंडवत प्रणाम करिएगा और हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वहीं कन्या राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं तो आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी खुद को आज, आज आप सेहतमंद महसूस करेंगे आज जीवनसाथी के साथ आप किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं किसी पार्टी वगैरह में आज, आज आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं आज धन संबंधी मामलों में आपकी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी आर्थिक स्थिति कुल मिला करके बेहतर रहेगी माता पिता आज आपकी मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे जो कोई आज एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है शिक्षा के क्षेत्र में आज बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आज आपकी द्वारा की गई मेहनत सफल सिद्ध रंग लाएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी यह रहेगी पूर्व दिशा तुला राशि लिप्रा तो तुला राशि के यदि आप जातक हैं और बिजनेसमैन हैं तो आज लंबी दूरी की यात्राओं के लिए साहब आप लोग तैयार रहिएगा कुल मिलाकर के दिन मिला जुला रहेगा आज किसी से बात करते समय आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी विनम्रता ही देखिए दर्शकों सबसे बड़ा मनुष्य का आभूषण होता है यदि आप विनम्र नहीं है तो समझ लीजिए कि आप के अंदर मानवता है ही नहीं है अपने आप को सौम्य रखिए कूल रखिए और ईगो मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए देखिए जो तुला राशि के जातक रहेंगे आज यदि आप बिल्डर हैं तो बहुत ही सोच समझकर आप निवेश करिएगा प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए कुछ बाधा आती हुई दिखाई दे रही है किसी नए प्रोजेक्ट पर वर्क करने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि अपना वर्क प्लान जरूर तैयार करिएगा आज आपको जो है उच्चाधिकारियों के साथ अच्छा जो है तालमेल बैठेगा उनसे सहयोग प्राप्त होगा कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो आपके बिजनेस में आकर के डोर से आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा आज खानपान पर ध्यान देना रहेगा जंक फूड से आपको बचना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए और गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और दूसरों के साथ सहयोग भी अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है वो वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा आज खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब रहेंगे किसी जरूरी काम में आपको सफलता मिल सकती है वृश्चिक राशि के हैं और खास करके प्रिंट मीडिया में हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं तो आज के लिए आपका दिन बेहतर रहेगा मसालेदार खबर आज आपको मिलती हुई दिखेगी ऑफिस में आज आपके काम को लेकर उच्चाधिकारी और आपके बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे लवमेट के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे कहीं घूमने बाहर का प्लान बना सकते हैं आज आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदला ला सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाइए आपका आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा और आज के दिन विष्णु सहस नाम का पाठ आप लोगों को जरूर करना रहेगा शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा कौन सी रहेगी तो साहब आपके लिए उत्तर दिशा सर्वथा शुभ रहेगी धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो धनु राशि के जातकों आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पीक पर रहेगा आज बढ़े हुए मनोबल से अगर आप किसी जरूरी काम में एंट्री करते हैं तो सफल होंगे माता पिता आज आपके सहयोग करते हुए नजर आएंगे आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिल सकता है खास करके जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या अभिनय के क्षेत्र में है तो उनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपकी आर्थिक स्थिति आज काफ़ी स्ट्रांग रहेगी बच्चे आपके साथ कोई जो है आज बाहर जाने की जिद कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी हासिल होंगी लोग आज आपके काम की प्रशंसा करेंगे कार्यस्थल पर आज आपका मन प्रसन्न रहेगा कैरियर में आगे बढ़ने के तमाम नए मौके खुलते हुए नजर आएंगे नए लोगों से आपकी मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कुत्ते को घी जो है रोटी में घी लगा करके और गोल डाल करके आपको देना रहेगा इससे आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा शुभ आपके लिए व्हाइट रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए आज रहेगी दक्षिण दिशा वहीं मकर राशि के जातकों के लिए तो आज आप लोग अपनी राज की बातें दूसरों के साथ शेयर करने से बचिए किस्मत का साथ मिलने में आज थोड़ी परेशानी आ सकती है आप किसी सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं जीवन साथी के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे उचित दिशा में मेहनत से आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी मकर राशि की यदि आप जातक हैं और स्टूडेंट हैं और आज के दिन कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो सफल होने की पूर्ण गारंटी आज है 100 परसेंट आप सफल होंगे पढ़ाई के प्रति आज आपकी रुचि बढ़ेगी आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आपको बड़ा ही सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए और आज के दिन आप लोग रेड कलर को एवॉइड करिए तो ठीक रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण दिशा रहेगी एक्वायर्स कुंभ राशि के जातकों के लिए तो किस्मत का पूर्ण साथ आज, आज आपको मिलेगा कारोबार में धन लाभ होगा आर्थिक स्थिति कुंभ राशि प्रभावशाली सकते हैं लोग लाभान्वित होंगे जी हाँ आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो है टैलेंट आ जाएगा जिसका आप भरपूर उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करते जाएंगे वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थिति आज अनुकूल रहेगी जीवन साथी के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने जा सकते करना क्या रहेगा तो डालने होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम हमारी जो अंतिम राशि आती है यह आती है मीन राशि तो मीन राशि के जात को कैसा रहेगा आज का दिन लेकिन मीन राशि पर आगे बढ़ें दर्शकों यदि आप हमारे पुराने दर्शक हैं और नए दर्शक भी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं जैसे कि फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया इंस्टाग्राम हो गया इन आईडी पर भी जा करके हमको आप फॉलो कर सकते हैं और जो भी अपडेट दिन भर की रहती है उस पर हम अपडेट किया करते हैं तो दर्शकों प्लीज़ सब्सक्राइब और बेलाइकन आप लोग ज़रूर दबाइए और उम्मीद करते हैं जो हमारा वार्षिक राशिफल हमने डाला है इसका आप लोग लुफ्त उठा रहे होंगे लगभग सभी राशियों का वार्षिक राशिफल पढ़ ही रहा है और जो एक दो राशियाँ नहीं आई हैं वो भी एक दो दिन में हो जाएंगे और यदि आप दिल्ली में मिलना चाहते हैं देखिए तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं चौदह और पंद्रह सितम्बर दिल्ली में रहेंगे तो आप लोग मिल सकते हैं मीन राशि आज, आज आप आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा भरे रहेंगे किसी अधुरे काम में आज हाथ लगाने से बहुत जल्द ही पूरा होगा ऑफिस में प्रमोशन के आज आपको नए मौके मिल सकते हैं आज यदि आप प्लानिंग बना करके कोई काम करते हैं तो उसमें आपको जो है सफल होने से कोई कोई नहीं रोक सकता करियर में में उन्नति के अच्छे रास्ते आज आपके सामने आएंगे व्यापार नया अनुबंध आज आपके साथ हो सकता है आज टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर के सतर्क रहने की सिते सलाह दे रहे हैं किसी दूसरे को आज आपको पैसा नहीं देना धन नहीं देना अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है आज कोशिश कीजिए कि गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और विष्णु सहस नाम का पाठ करिए आपके लिए दिन बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा आपके लिए सर्वथा शुभ दिशा रहेगी तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए नए राशिफल को जो है वार्षिक राशिफल 2020 को देखना ना भूलिए अपने इसी चैनल पर और दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार